एक्शन ड्रामा फिल्म फिल्म है। है है। 2021 में रिलीज हुई हुई कनिष्क वर्मा डायरेक्टर द्वारा द्वारा डायरेक्ट की गई है और और जी स्टूडियो पिक्चर निर्मित हुई है. एक कुशल एमएमए ट्रेनर विवान आहूजा को पता चलता है कि उनकी पत्नी अंशिका मैत्रा का दिल कभी भी रुक सकता है और ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन सफल है जैसे ही वह अस्पताल में ठीक हो जाती है साजू सोलंकी के नेतृत्व में एक आतंकवादी समूह ने अपने अवैध हथियार डीलर और नेता अजय पाल सिंह को पुनः प्राप्त करने के लिए अस्पताल पर हमला किया अजय वास्तव में दोषपूर्ण हथियारों की आपूर्ति के कारण 18 आई एन सैनिकों की मौत के लिए जिम्मेदार था और जेल में उसके पेसमेकर के साथ छेड़छाड़ के बाद उसे आपातकालीन सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया था अस्पताल के मरीजों को बंधक बना लिया जाता है जिसमें अंशिका भी शामिल है जबकि अजय अपनी सर्जरी के बाद बेहोशी की हालत में है एसीपी जयती भार्गव और उनकी टीम को बंधकों को छुड़ाने का काम सौंपा गया है जो अनिष्का से मिलने के बाद ही जा रहा है अस्पताल के तहखाने में है आक्रमण से बेखबर है जब तक कि उस पर एक आतंकवादी हमला नहीं करता वह आतंकवादी को मारने में सफल होता है। हैरान वह आतंकवादी से संबंधित काली थैली लेता है जिसमें एक वॉकी टॉकी और एक रिमोट डेटोनेटर होता है और वापस अस्पताल में घुस जाता है जो छुपा हुआ था और उनसे दोस्ती करता है इस बीच, जैती यह कर दंग रह जाती है की उसकी बेटी अनन्न को आतंकवादी बम से बांध कर इस्तेमाल कर रहे हैं साजू उसे यह कहते हुए ब्लैकमेल करता है की वह अस्पताल को तब तक उड़ा देगा जब तक वह उन्हें हेलीकॉप्टर और बस नहीं देती जयती सहमत हो जाती है लेकिन झुक किसे उन पर हमला करने की योजना बनाती है विवान रियाज की मदद से अस्पताल का लेआउट सीखता है और अस्पताल के कंट्रोल रूम पर हमला करने की योजना बनाता है ताकि साजू उसे आते हुए न देख सके उस पर फिर से हमला होता है लेकिन जुबिन की मदद से वह आतंकवादी को मार देता है दोनों आतंकवादियों के शव मिल जाते हैं और साजू विवान को मारने का आदेश देता है विवान रुक रुक कर जयती से संपर्क करता है और उसे साजू के बारे में बताता है वह प्रत्येक मंजिल के आसपास तैनात आतंकवादियों को मारना और बचाना जारी रखता है और अंक में रियाज और जुबिन के साथ नियंत्रण कक्ष पर नियंत्रण करने में सक्षम है विवान ने भूतल पर बंधक बनाए मरीजों को मुक्त कराया साजू जो नौवीं मंजिल पर है को पता चलता है की विवान बंधकों में से एक से संबंधित है और यह पता लगाने की कोशिश करता है की यह कौन है ऐसा करने में असमर्थ वह विवान को छिपने के लिए मजबूर करने के लिए एक नस की हत्या कर देता है अजय जाग जाता है और वे भागने की योजना बनाते हैं रियाज से बातचीत के दौरान विवान को पता चलता है कि साजू पुलिस से झूठ बोल रहा था वह कभी भी उस बस और हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करने वाला था जिसकी उसने मांग की थी बल्कि छठी मंजिल से भाग गया वह वास्तव में बंधकों को मारकर सबूत मिटाने के लिए सीढ़ियों और लिफ्ट को उड़ाने की योजना सनक एक्शन ड्रामा फिल्म है 2021 में रिलीज हुई फिल्म कनिष्क वर्मा डायरेक्टर द्वारा डायरेक्ट की गई है और जी स्टूडियो और सुनचिने पिक्चर द्वारा निर्मित हुई है एक कुशल एमएमए ट्रेनर विवान आहूजा को पता चलता है की उनकी पत्नी अंशिका मेहत्रा का दिल कभी भी रुक सकता है और ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन सफल है